हाय फ्रेंड्स आज मैं लेके आ रही हूँ आप लोगों के लिए एक बेहद नई रेसिपी ये है आसामीज ट्रेडिशनल पीठा जो बनते हैं वो उसी का रेसिपी है हम लोग ये घर पे ही बनाते हैं और ये एक अलग सी शवल होता है जो इसमें छिपकने वाला ज़्यादा होता है जैसे गम जैसा होता है और इसी शवल को मैंने रात को भिगा के रखा है और भी छान लिया है और उसके बाद हम मिक्सी में पिसेंगे अभी गाँव में तो अलग सा पिसा हुआ होता है लेकिन अभी शहर में ऐसे ही मिक्सी में पीसेंगे हम लोग ये देखिए मैं मिक्सी में पीसी रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके लिया है मैंने और छोटी जो डिब्बा है उसी में मैं पीस रही हूँ एक किलो का चावल है पीसने के बाद ये जब सलनी से सला जाता है सना चलने के बाद इसको ऐसे बराबर में करना चाहिए और उसको दबाना चाहिए थोड़ी सी दबा दबा के रखने से पीठा जो है अच्छा बनते हैं और इसीलिए इसको ऐसे अच्छी तरह मिला के दबाना चाहिए सलने के बाद और उसके बाद इसमें ढक्कन लगा देना चाहिए नहीं तो इसका जो छिपकने वाला गम जैसा होते हैं ना वो कम हो जाते हैं तब तो पीठा नहीं बनते हैं इसलिए हमने इसमें ढक्कन लगा दिया है और इस इस सन्नी से हम सान रही है और ये देखिए मैंने तिल लिया है एक पाँव काला वाला जो तिल आते हैं ना उसी तिल लिया है मैंने वही मैंने एक घंटे पहले इसको भिगो के रखा है और इसमें जो सिल्का है निकल रही है अभी इसको मैं अच्छी तरह धो लूँगी उसके ये देखिए नारियल नारियल जो है मैं पहले से ही मिक्स में गहन करके रखा है अभी तक मैं मिक्सी इसमें पैन में, में गैस लगाया नहीं था और अभी गैस ऑन कर दिया है मैंने अभी इसको अच्छी तरह भून लूँगी भूनने के बाद इसको हम पीठा में यूज़ करेंगे कैसे यूज़ करेंगे आप लोग देखते रहिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है बहुत ही आसान है आप लोग घर पे आसानी से बना सकते हैं ये नारियल बुनने के टाइम में बहुत ही ख्याल रखना सही है क्योंकि नारियल जलने से अच्छा नहीं होता है उसका स्वाद जो है सला जाता है इसलिए बहुत अच्छी तरह सावधानी से आप लोगों को नारियल बुन लेना चाहिए मैं एक बार पहली बार जब इसको बुन रही थी पहले फास्ट एक मिनट तक हमने इसको हाई फ्लेम पे रखा था अभी मैं लो मीडियम फ्लेम पे रख रही हूँ गैस को गैस भी इस पर ध्यान देना पड़ता है इसमें लगना नहीं सही है इसी आप आराम से इसको हिलाकर रख बनवा सकते हैं अभी इसमें से धुआं निकलना शुरू हो गई यानी कि इसमें जो एक्स्ट्रा नारियल के पानी था वो निकलने के लिए शुरू हो गई है धुआं धुआँ जैसे शायद आप लोगों को देख ही रही है थोड़ी सी खुशबू आने लगी है इसमें से जब नारियल की पकने की अच्छी तरह फ्राई होने के टाइम होते हैं उसी टाइम में आप लोगों को खुशबू थोड़ा थोड़ा आने शुरू हो जाता है जब अच्छी तरह पक जाते हैं इस चीज़ को बहुत अच्छी खुशबू आती है आप लोग शायद कर रही है तो आप लोगों का पता चल जाएगा इसमें कैसी खुशबू आती है और इसको अभी मैं गैस की फ्लेम थोड़ा सा ज़्यादा करके ऐसे थपथपा के हिला दूँगी देखिए थप थपा के ऐसे ऊपर नीचे करने से इसकी जो हवा है जल्दी जल्दी निकल जाते हैं मैं गैस की फ्लेम अभी बहुत हाई फ्लेम पे रखा है इसलिए मैं फटाफट फट कर रही हूँ और पाँच मिनट इसमें बाकी है और पाँच मिनट करने के बाद इसमें ये अच्छी तरह फूल जाएंगे और पूरा पाउडर जैसा भूर भूर वाला बन जाएंगे अभी ये बहुत ध्यान रखने का टाइम आ गई है अभी गैस से थोड़ा बड़ा करने से या हाई फ्लेम पे रखने से आपको दिक्कत हो सकती है अभी क्योंकि ये गैस और थोड़ा सी भी आप हाई फ्लेम कर देंगे तो ये जल जाएंगे क्योंकि ये अभी पूरी तरह होने वाला है और इसमें जब हो हो रही है देखिए ये कैसे फूल रही है पहले कैसे छिपक के रखी थी अभी कैसे हो रही है आप बैक करके वीडियो देख सकते हैं पहले वाला और अभी वाला जो वीडियो है ये वाला भी देख सकते हैं देखने से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा अच्छी तरह ये देखिए अभी इसको गैस ऑफ करने की टाइम हो गई है ये पूरा झूझुरिया वाला जो होते हैं ना आप लोग बोलते हैं झूझुर वाला वो उसी टाइप का हो गई है ये हो गई है अभी पूरी तरह अभी मैं इसकी गैस ऑफ करूँगी आप लोग देख ही रही है कितनी अच्छी तरह ये हो गई है इसमें पानी नहीं रहना सही है क्योंकि हम इसको पीठा में लगाएंगे अगर पानी रहेगा तो पीठा हमारा ज्यादा दिन नहीं टिकेगा ज्यादा से ज्यादा पाँच या छः दिन ही रहेगा उसके बाद हमारा पीठा खराब हो जाएगा इसलिए हम इसको अच्छी तरह बुन लेंगे जो इसमें से सारा पानी हम निकाल लेंगे पूरी पानी हट गई है यहाँ से अभी इसको हम गैस ऑफ करेंगे उसके बाद आपको दिखाएंगे नेक्स्ट प्रोसेस क्या करेंगे गैस ऑफ करके इसको हम निकाल लिया है अभी इस पैन को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे उसके बाद हम यहाँ पे आप लोगों को दिखाएंगे जो काला तिल मैंने भीगा करके रखा था ना उसी तिल को हम यहाँ पे डाल लेंगे एक साथ मैंने तिल भी फ्राई कर लेंगे मैं तिल को पहले से भिगा के अच्छी तरह धो ले धो के रखा था क्योंकि तिल में जो है ना बालू और थोड़ी सी छोटी छोटी वाला पत्थर जो होते हैं वो रहते हैं इसलिए मैंने पहले से ही पाँच छः बार परी वाले गमले में सलनी लेके धोया धो है अगर आप का तिल में पत्थर या कुछ मोटा टाइप का बालू रह जाते हैं तो आप मोटा साइज का जो शेड वाला सलनी मिलता है उसी सलनी से आप तिल धोएंगे तो आपका बालू और छोटी छोटी जो पत्थर है वो नहीं रहते हैं इसीलिए आप लोग तिल धोने के टाइम में सलनी में धोने से सबसे ज़्यादा अच्छा होता है और तिल को जिस बर्तन में भिगाते हैं उसी बर्तन में पानी से धीरे धीरे करके तिल को उठाना है नीचे वाला हिस्सा जो तिल का रह जाता है उसका पूरा शोरी देना है क्योंकि वो नीचे वाला हिस्सा में ही पत्थर और मोटे साइज का जो बालू होता है उसी में ही रहते हैं जितना आप पैकेट हो या किसी भी आपकी अच्छी क्वालिटी का तिल ले आते हैं कोई फ़ायदा नहीं आपका बालू और पत्थर रहेंगे ही इसमें क्योंकि जो तिल निकालते हैं जिस टाइम उसी टाइम में तिल का जो इकट्ठा करते हैं निकाल के उस टाइम में ही बालू और पत्थर आ जाते हैं और थोड़ी सी झाड़ ले तो उसमें इतना अच्छी तरह झारके पकटिंग नहीं करता है उसमें रह ही जाता है इसीलिए आप लोग सलि से तिल धोया करें देखिए सारा पानी जो है भाप हो निकल गई है यहाँ से तिल से और अभी थोड़ी बहुत बाकी है एट्टी परसेंट तो यहाँ से निकल गई है अभी ट्वेंटी परसेंट तक पानी है तिल में अभी वो भी भाप हो निकल जाएगा यहाँ से उसके बाद इसको निकाल के हम किसके साथ मिलेंगे वो भी दिखाएंगे आप लोगों को अच्छी तरह आप लोग देखते रहिए वीडियो को बीच में स्किप करने से आप लोगों को पता नहीं चलेगा मैं कैसे क्या कर रही हूँ और मैंने अभी गेस्ट का फ्लेम बहुत ही हाई रखा है इसलिए मैं फटाफट कर रही हूँ बीच बीच में आपको मैंने दबा दबा कर दिखा रही हूँ जब तिल अच्छी तरह हो जाते हैं मसल देने से ही तिल टूट जाता है और इसमें से बहुत अच्छी तरह खुशबू आने लगते हैं जब आपको तिल आप तिल मसल देते हैं तभी तिल से अच्छी खुशबू आते हैं इस बात का आप ध्यान रखें और इस बात को ध्यान रख के ही आपको तिल अच्छी तरह बुन लेना चाहिए नहीं तो आपका तिल अच्छा नहीं होगा खाने में ये मेरा तिल हो गई है अभी मैंने तिल निकाल लिया है अभी गुड़ काट रही हूँ मैं छोटी छोटी पूरा ये मेरे हिसाब से काट रही हूँ आप लोग अपने हिसाब से कितनी महीन करके काट सकते हैं काट लीजिए और मैं मेरे हिसाब से काट रही हूँ देखिए मैं मेरे साज में काट के अभी इस गुड़ को थोड़ी और काटूँगी उसके बाद इसकी र, इसको रख देंगे हम अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और आप लोगों की फैमिली में ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए दोस्त के साथ शेयर कीजिए मैं यहाँ पे तिल दे रही हूँ आप लोग देख ही रही है और इसको गुड़ के साथ अच्छी तरह मिला लेंगे और ये जो गुड़ के साथ मिला के हम इसको पीठा के साथ लगाएंगे कैसे पीठे के साथ हम ये लगाएंगे वो आप लोग अच्छी तरह देख लीजिए वीडियो स्किप करने से मैंने कैसे किया, किया है आप लोगों को पता नहीं चलेगा इसीलिए आप लोग अच्छी तरह वीडियो देखिए लाइक करना मत भूलिए प्लीज़ लाइक कीजिए ये देखिए मेरी टिल हो गई है अभी अब इसको हम पीठे के साथ बनाएंगे। देखिए मैं एक कैमरा पकड़ रही हूँ इसीलिए थोड़ी सी मेरी वीडियो मतलब हिल रही है इसको माइंड मत कीजिए और इसमें हम पीठा जो है अच्छी तरह हमने यहाँ पे फैला के दे दिया है और साउल का जो पिसा हुआ मैंने वीडियो देखाया था पहले वही वीडियो आप लोग बैक करके देख सकते हैं और इसके साथ मैंने जो ये नारियल और सनी मिक्स करके इसको मिला हुआ जो मिश्रण बनाया था वही डाल रही हूँ अभी और उसके बाद गुड़ का जो मिश्रण बनाया था तिल की तिल और गुड़ का वो डालूँगी अभी देखिए मैं नारियल का दो तीन बना के आप लोगों को दिखाऊँगी ये नारियल वाला है नारियल और सैनी मिक्स करके इसमें लगाया है मैंने मैं गैस पे आज से नहीं बना रही हूँ मैं वो बाहर से ये मंगा के ला मतलब मेरे पास से ही एक भाभी है उसके पास था ये आ, क्या बोलते हैं चूल्हा हाँ वो जो लकड़ी का होता है वही से देखिए पीठे कैसे फैलाते हैं वो अच्छी तरह देखिए और ये सीनी और नारियल मिला हुआ मिश्रण कैसे डालते हैं वो भी अच्छी तरह देखिए मैं ये बनाते बनाते सबके साथ बातें भी कर रही थी और एक साथ में वीडियो भी बना रही थी इसलिए मेरे इतना ध्यान नहीं गई पीठा में आप लोग सोच रही है तवा इतना गंदा है गंदा नहीं है ये ऐसे ही होने देना है तभी पीठा अच्छा बनते हैं फैल में अच्छी तरह से पक जाते हैं नहीं तो ये अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे तो नॉन स्टिक वाला कढ़ाई में जैसे इधर उधर सल जाते हैं तो मेरा पीठा भी इधर उधर सल जाएंगे इसीलिए मैंने अच्छी तरह साफ़ करके नहीं लिया है कितना ईजी है करने में आप लोग देख ही रही है फटाफट से ऐसे जी तरीके से हो जाते हैं अभी मैं ये तीन चार कर लिया आप लोगों को दिखा दिया है ये कैसे कहते हैं नारियल वाला अभी मैं गुरु वाला दिखाऊंगी सेम प्रोसेस है लेकिन इसका जो अंदर का मिश्रण है वो अलग है आप लोग देखिए अच्छी तरह गुड़ वाला थोड़ी दिक्कत होता है क्योंकि गुड़ थोड़ी सी मतलब गरम आने से ही गुड़ का जो गरम होने से ही वो बिघलने बिघल भिगल जाते हैं इसीलिए गलने लगते हैं इसीलिए गुड़ वाला के लिए पीठा ज़्यादा फैलाना पड़ता है पीठा मतलब ये साउल का जो आटा होते हैं आप लोग आटा ही बोलते हैं शायद आटा होते हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह फैलाना चाहिए नहीं तो ये जो गुड़ गर्म होते ही आपका हाथ भी जल जल, जल सकते हैं और ध्यान रखना पड़ता है गुड़ का जब बनाते हैं तो मेरी बराबर से गर्म है इसीलिए मेरे पीठा भी फटाफट से हो रही है जैसे मैं चावल का आटा फैला रही हूँ फटाफट हो रही है इसीलिए तवा का गरम की जो मेजरमेंट है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है अगर आपका जो आग है एक एकदम से लो फ्लेम होने से भी नहीं बनते हैं और एकदम से हाई फ्लेम होने से भी नहीं बनते हैं क्योंकि एकदम से हाई फ्लेम होने से आप लोगों का पिठा जल सकते हैं और एकदम से लाइफ लो फ्लेम होने से पीठा आप लोगों का ख़राब हो सकता है क्योंकि इसमें टूट जाने का चांस बहुत ज़्यादा होते हैं लो फ्लेम पर होने से इसलिए जो आग है उसको मीडियम में ही रहने देने से अच्छा होता है और मेरे वीडियो आप लोग को दे आप लोग देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू और आप लोगों ने मेरे वीडियो को शेयर